পদটা সামনে আছে আমি করব ওপেন মাস্টারটা ঠিক আছে তোকে করে দেব তুমি আমাকে করে দিছ তো সামনে একটা দুইটা এনিমি দুজন এনিমি নামছে ঠিক আছে একদম সামনে আছে ওই সাইডে এই তিনজন এই 1 2 3 4 5 ছয়জন আছে পাঁচজন হাকার হাকার দেখতে ওই হাকার মানে আমি একটা ডাস্কি গান আমি যতবার ম্যাচটা বেইসি মারতেছি হেড ও আমার ডিমে बदला अरे किल्ची जो ये अभी किल्ची जो ये अभी डिपी ने भी डिपी ने भी अरे ना ना तू चला ना तू जा पच्ची तू चला तू यहाँ क्या कर रहा है तू कुछ अगर मेरा एक मेरा साल था नहीं है ना वो चली मुझे ला बात तो हमने लगे कबाड़ दस साल था दिलचस्प हो रहे ऊपर चल जा दीप पल्लू कैदी कैदी कैदी क मारी का, मारी का, मारी का, साथे। साथे ये सामने वाला सामने ही होड़ी है यार यहां नरो एनिमी है जरा नाइस जरा मेरे को गन लूटो बादी के बादी के बादी के सेदी हम पेशेंस साइड है मेरी साइड अच्छा एकदम सब जान टीवी ने बसाए अरे यहां पे ऐसे अरे गाड़ी पीछे ना पीछे ना पीछे ना ये जी कोने पे पीछे ना ए बहुत स्टील को दिए एक टन नेट मारा ठीक बोला जो ना लास्ट टाइम थिंक थे वो ऑफी बोलते ऊपर आये ऊपर आये मावे कैसी लगी अरे तो यार आरोनी में आज एक ना बोला मैंने साठ टर्न होते नी में आजे साठ अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे गेम हो ना हम सब देखते ओ और क्या जा जा, जा, वाने अरे तो अरे जा दीप ही तो है हाय भी अबे करते करते करते करते हमें मजा आया ऊपर बंदा है आजा मेरे साथ एक आजा नीचे खुदा एक नौ जब और नाफिया कहा गया, गया। अभी तो नाफिया था वहाँ पे पे कोई था भी, मेरे सीड आ जाओ ओके भाई आ जाओ जल्दी से देखो यहाँ पे एक नॉक किया यहाँ पे चले जाओ सीधा सीधा तुम्हें यहाँ पे चले जाओ मेरे मार्ग से बग्गी वाला था वो पर एक नोक भी है